हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की बायोग्राफी के बारे में तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अल्लू अर्जुन भारतीय तेलुगु सिनेमा के एकमात्र ऐसे स्टार हैं जो खुद के दम पर अपनी फिल्मों को सुपरहिट देने में कामयाब रहते हैं अल्लू अर्जुन एक स्टाइलिश स्टार है और इसका निक नाम है अल्लू अर्जुन का जन्म आठ अप्रैल उन्नीस चेन्नई में हुआ अल्लू अर्जुन की स्कूल की पढ़ाई पैट्रिक स्कूल इन चेन्नई से की है अल्लू अर्जुन को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था अल्लू अर्जुन की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं करता था अल्लू अर्जुन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज में कई बार फेल होता था लेकिन डांस और एक्टिंग कॉम्पिटिशन में मैं हमेशा फर्स्ट आता था अल्लू अर्जुन को साल 2016 में सबसे ज़्यादा जानने वाले टॉलीवुड स्टार थे उन्हें प्यार से बन्नी और स्टाइलिश स्टार कहा जाता है अल्लू अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1985 में रिलीज हुई विजेता मुई से चाइल्ड एस आर्टिस्ट से की थी उसके बाद 2001 में आई डैडी मूवी में एक डांसर के तौर पर नजर आए थे जिसके बाद अल्लू अर्जुन पहली बार असलीड एक्टर 2003 में गंगोत्री मूवी में नजर आए थे और मूवी जैसी ही रिलीज हुई इस मूवी ने साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और इस मूवी की वजह से अल्लू अर्जुन को बेस्ट मैन डेब्यूट की कैटेगरी में अपना पहला फिल्म फेयर साउथ अवार्ड मिला और यहां से अल्लू अर्जुन की काम कामयाबी का सफर शुरू हो गया इसके बाद 2004 में अल्लू अर्जुन की एक और मूवी रिलीज हुई आर्या और यह मूवी भी रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई यहां से अल्लू अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा अल्लू अर्जुन एक स्टाइलिश दिखने वाला और डैसिंग स्टाइलिश अभिनेता है जो लगभग पाँच फीट नौ इंच लंबा है और बॉडी का वजन लगभग सत्तर किलो है इसकी उम्र चालीस वर्ष है इनका चेस्ट लगभग बयालीस इंच है और बायसेप पंद्रह इंच है अल्लू अर्जुन की आंखें भूरे और हल्के भूरे बाल हैं अल्लू अर्जुन अब हैदराबाद तेलंगाना में अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसके पिता अल्लू अरविंद हैं जो एक फिल्म निर्माता हैं और माँ का नाम निर्मला अल्लू है जो एक हाउसवाइफ हैं। अल्लू अर्जुन के दो भाई हैं जिनका नाम अल्लू एंकेटेश और अल्लू शिरीस है जो कि एक अभिनेता है अल्लू अर्जुन ने 6 मार्च 2011 हज़ार ग्यारह को इसनेहा रेड्डी से शादी की थी और उनका एक बेटा अल्लू ऐान है जो 2014 में पैदा हुआ था और एक बेटी अल्लू अरा है जो 2016 में पैदा हुई है अल्लू अर्जुन का कुल नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो अल्लू अर्जुन का कुल नेटवर्थ 47 मिलियन डॉलर है अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में तो पहला अल्लू अर्जुन एक ट्रेंड डांसर है दूसरा अल्लू अर्जुन को व्यक्तित्व विकास पुस्तक के पढ़ने का बहुत शौक है तीसरा उसके पसंदीदा अभिनेता चिरंजीवी है और अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं चौथा इनके दादा अल्लू रामलिंगैया एक महान कॉमेडियन थे पांचवा, चिरंजीवी नागेंद्र बाबू पवन कल्याण फिल्म इंडस्ट्री से उनके चाचा हैं छठवा अपने जन्मदिन पर हर साल रक्तदान करते हैं और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की मदद करते हैं सातवाँ उनके फेसबुक पेज पर 1.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं जो दक्षिण भारतीय हस्तियों में सबसे अधिक है आठवाँ इनकी सर्वकालिक पसंदीदा फिल्म इंद्र है नौवा केरल में वह एकमात्र तेलुगु अभिनेता है जिनकी बहुत बड़ी प्रशंसक है अब लास्ट दसवा अल्लू अर्जुन को थाई और मैक्सिकन भोजन पसंद है तो दोस्तों अल्लू अर्जुन की बायोग्राफी आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ओके दोस्तों बाय